हमारे आसपास में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, है, पॉजिटिविटी कम पे, पे, तो कहने का मतलब है, इसको बैलेंस कैसे करोगे इट्स वेरी सिंपल अभी हमारे अंदर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है तो अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी तो नेगेटिव एक्शन ज्यादा होंगे अगर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होगी तो, तो पॉजिटिव एक्शन होंगे तो जितना हो सके अपने में को करने को आप घर बार, में, पड़ी होती इदर, उदर, में पे, पे, को तो आप बाहर निकाल सकते हो उनको मार सकते हो घर वालों का क्या करोगे अगर कोई आपके घर में ही बैठे हैं तो निगेटिव लोग या आस पास में देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आप्जाम क्रैक कर रहे हो उसकी तैयारी कर रहे हो तो नेगेटिविटी आप किसको कह रहे हो कि कोई आया और आकर आपको उसने बोला कि तेरे बस का नहीं है नहीं कर पाएगा क्यों कर रहा है ठीक तो है ये, वो, तो आप ये है। जरूरी नहीं है। दोनों ही एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है अगर हमारे अंदर इंटेलिजेंस है उस इंफॉर्मेशन को यूज करने की तो हो सकता है जो नेगेटिव बोल रहा है हमको कि नहीं कर सकती वो हमारे काम आ जाए बजाय कि हम लगे रहे 10 साल तक 20 साल तक नहीं नहीं मैं तो करके रहूंगा करके रहूंगी और 20 साल बाद को समझ आए कि अगर कोई आपको सच्चाई है के लिए आप तैयारी कर रहे हो और मैं आपको बहुत पॉजिटिव कर दू या आप खुद ही अपने आपको लेकिन वो कभी आपका क्रैक ही ना हो वो बेटर है या चाहे आप पॉजिटिव रहो ने क्रैक हो जाए ताकि आप एक स्टेप और आगे बढ़ो ताकि आपको सक्सेस मिले राइट तो सक्सेस कैसे मिलती है पहले इसे समझ लो अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी से सक्सेस नहीं मिलती है इस इल्यूज़न से बाहर आ जाओ निगेटिविटी से भी नहीं मिलती है ये नहीं कि इसका मतलब गए कि हमको हो जाना है तो हमको सक्सेस मिल जाएगी ना नेगेटिव से ना पॉजिटिव से ना हार्डवर्क से इसको अच्छे से समझ लेना जो चीज मैं बोल रहा हूँ दुनिया में बहुत लोग हैं बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं जितना आप करने वाले हो जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे ज्यादा करने वाले बहुत बैठे हैं तो सक्सेस कैसे मिलती है किसी उस स्ट्रैटी को अगर आप समझ लो और उसके हिसाब से एक्ट कर लो तो हर काम आसान और अगर हमको यह ना समझ आए और हम कितना भी हार्डवर्क करते चले जाए सब कुछ मुश्किल हार्डवर्क pays you you only if are working in the right right direction. direction? Now what is कहा जा रहे हैं जो कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ सही है तो वहां पर ना नेगेटिविटी हमको influence कर सकती है ना पॉजिटिविटी But हम इसमें कभी काम नहीं करते जस्ट टू क्रैक द स्ट्रेटेजी लोग क्रैक ही नहीं कर पाए हैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ा कैसे सक्सेसफुल होते है? अगर एक क्रैक कुछ लोग कर लेते हैं वो तो वो किसी एक फील्ड में नहीं कहीं पर भी सक्सेसफुल हो सकता बिजनेस करोगे हजार चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है फिर भी आपको करनी पड़ेगी मान लो आपको अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन अगर आप एक हो तो आपको थोड़ा बहुत तो थो सीख पाएगा प्रॉब्लम है, है? है? अब एक नजरिया ही है आप उसको प्रॉब्लम की तरह देखो और अटक जाओ मेरे बस का तो नहीं दूसरा क्या है एडवेंचर बना दो कोई प्रॉब्लम सीखूंगा ना और मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काम में तब भी सीखूंगा और इससे बड़ा एडवेंचर मतलब कर, कर रहा हूँ तो क्या बनूंगे क्या जा हो जाऊंगे अंदर से फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकती हूं मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता मैं सब कुछ कर सकता भी हो जाए मुझे तो नहीं रोक सकता मुझे पता है सीखते कैसे जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया उसको सीखना आ गया कुछ भी सीख सकता है जो आदमी कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है जो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी पा सकता है क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता सोचो